उबर बैठर बैठ हाँ। क्यों खुदकुशी कर रहा था मैं कहा खुदकुशी कर रहा था तो कौन तेरा बाप घर में कौन कौन है हम छे जन कौन कौन चार दीवारें छतर में <laughs> ये तो किसके ना लगता है रे? है?